देखिए काफी काफी सालों से काफी सालों से मैं बोल रहा हूं अच्छा बोलूं काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो आ, सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए आप देखना पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए उसका कारण है कारण आप जानते हैं आ, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो मैं अब दो तीन साल से मुद्दा उठा रहा हूँ मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी की अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए